जिए सब कुछ ठीक है अरे सब कुछ ठीक पाना ऐसी है तब तैयार होगा हमारा घर तभी तो हो जाएगा

शुरू करेंगे हम सब सच सच बताओ अच्छा दुनिया अपनी है या नहीं है तुम्हें क्यों हो जाए

sus <laughs> propios

तो तुम आपत्ति के ऊपर कहां गए थे तुम